ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो क्योंकि आप नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है जब उसके अपने ही उसे गलत समझे घर के बाहर रास्ते में भी कुछ दिए जला दो ये ना सोचो कि कौन गुजरेगा इधर से और किसके लिए सिर्फ एक उसके सामने झुको वो और किसी के सामने झुकने नहीं देगा मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ बोली बता देती है कि इंसान और बहस बता देती है कि उस इंसान का निकालना चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो उस कुल्हड़ी के लोहे में उसी का एक टुकड़ा पे रोया था जब वो पेड़ कटा तो बहुत रोया था सर शब्दों से ना करना किसी के वजूद की पहचान हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। जैसी तासीर रखिए, मत सोचिए कि आपके कारण किसका घर रोशन हुआ बुरा समय आपके उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कल्पना नहीं की होगी जिम्मेदारियों का बोझ आपको झुकाता नहीं है बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड्लास ही हटा दिया जिससे पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते हैं बस एक भूलने का हुनर ही तो नहीं आता वरना भूलना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं दुश्मन इतनी आसानी से कहा मिलते हैं? इसके लिए बहुत सारे लोगों का भला करना पड़ता है लोग जब अनपढ़ तो परिवार एक हुआ करते थे मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग देखे हैं ईश्वर के न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है थोड़ा सा घमंड लोगों के लिए भी बचा कर रखी है जो आपकी नम्रता को नौटंकी समझते हैं एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फैसला तो लीजिए हो सकता है किस्मत बदल जाए जब किसी की संगत से आपके विचार नहीं है मंजिल तक जाने के लिए कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करता हो जीवन में किसी का दिल ना दुखा है क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है इज्जत की अगर वो बहनों की फरक मत देखा करो की अपनी है या की? बड़े दुनिया के मेले है, तो भीड़ को छोड़ने की सलाह गहरों से लेता है जो लोग गम में मुस्कुरा सकते हैं वो लोग दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं वक्त के बीच जाने के बाद ही एहसास होता है की जो छूट गया लमहा वो बेहतर था हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं रक्त, चित्र, किए और बिना परीक्षा लिए आपको हमेशा सिखाती है कोई सराहना करे या निंदा दोनों में फायदा आपका ही है सराहना से प्रेरणा मिलती है और निंदा से सबक कुछ इकट्ठा भी उनके पास होता है जो पार्टनर जानते हैं फिर चाहे भोजन हो प्यार हो या फिर सम्मान जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना कल का दिन आज से बेहतर होगा अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई छोड़ तो सके लेकिन भुला ना सके मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करे हमसे हमें हर हाल में जीना आता है कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता हारा वही है जो लड़ा नहीं है